आप सभी का फाइटर प्रेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन आज हम आपको समृद्धि महामार्ग जालना के ब्लास्टिंग जोन का ग्राउंड जीरो वीडियो दिखा रहे हैं समृद्धि महामार्ग पैकेज आठ जालना जिले का यह आखिरी कटिंग क्षेत्र भाग है जो ब्लास्टिंग करके काटा गया है और युद्ध स्तर पर आखिरी काम को पूरा किया जा रहा है मशीनें लगी हुई हैं और लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं इस भाग के कट जाने के बाद से फिर और इस पे कंक्रीट हो जाने के बाद समृद्धि महामार्ग से आने वाले लोगों को औरंगाबाद से बुलढ़ाना बार्डर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी यह काफ़ी बड़ा काम और कठिन काम था लेकिन समृद्धि महामार्ग के सभी सहयोगियों के तेजी से काम करने की वजह से यह अब पूरी तरह से तैयार हो रहा है अभी कॉमन ट्रैफिक को आने जाने के लिए कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों को आने जाने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है और इस रास्ते को देखने के लिए समृद्धि महामार्ग के विशेष अधिकारी जो विजिट पे हैं वो भी इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं ये अंतिम चरण पर काम पूरा करने की तैयारी चल रही है ये सामने से जो गाड़ियां आप आते हुए देख रहे हैं ये समृद्धि महामार्ग के बड़े अधिकारी लोग हैं जो समृद्धि महामार्ग का निरीक्षण करने लिए के लिए आए हैं चूँकि औरंगाबाद से आते समय ये गाड़ियां सीधे समृद्धि महामार्ग से होके ही आ रही हैं अगर ये ब्लास्टिंग करके मजदूरों द्वारा या कंपनियों के द्वारा सहयोग से अगर पूरा नहीं किया गया होता तो इन लोगों को फिर बगल के रास्ते से जाना पड़ता अभी सारी गाड़ियाँ समृद्धि महामार्ग के अंदर अंदर जा रही हैं और एक ख़ास बात समृद्धि महामार्ग से कट करके निकलने वाले पत्थर को भी वहीं के वहीं तुरंत उपयोग करने के लिए मोबाइल कसर लगाया गया जो तुरंत तुरंत काम पूरा कर रहा है और गिटकी को बना बना के वापस दे रहा है बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में विशेष सहयोग हमारे मित्र श्री दिबराजी जडेजा जी और बाली भाई का है फिर मिलेंगे बहुत जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो में धन्यवाद आभार नमस्कार